समय कितना भी कठिन हो अपनी आस्था को कम होने ना दे भगवान जिसे अधिक प्यार करता है उन्हीं को अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजारते हैं लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा मैं कहता हूँ ईश्वर पर, पर विश्वास रखो बुरे वक्त कभी नहीं आएगा जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए जब तक यहाँ इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती आप जो भी करें लेकिन वही होता है जो ईश्वर चाहता इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहता है फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं एक लाइक तो अपने बोट के लिए बनता है चैट सेक्शन में अपना राय देना ना भूले